तो तो आज देवी मंदिर जो है रामनगर। रामनाथ तो यहाँ पे हम कर रहे हैं मजे प्यारानी <laughs> भैया तो प्यार से रहा कह इधर प्यार ये भर करा दिव्या स टाइम रिया यार जान जेसीबी चला ले तू ओबे oh तेरा मूड तोड़ दूँ फिर उठ के चला दूँ आ देखते हैं तेरे बर्थडे ना बेबी बॉय जोई फंक्शन चलता ना बर्थडे <laughs> <laughs> <laughs> ah. तो तो तो ना हां सॉरी आई डिडंट गेट दैट अबे शादी जो बर्थडे पकड़ वीडियो बनाते ये तो तो तो तो कुछ खाता ना है मौत समय जो भाई मेरे को दो यार मगर हमारे ड्राइवर इतना जानदार था कि कुछ पूछो वो नहीं घोड़े वाला सीन था घोड़े का वो पैदल चलने तो तो तो ना। ना। ना। लगा बिल्कुल भी। अरे <laughs> मैं तो उतरते पैदल मंजूर था भाई तो तो था। अगली बार क्या? सुनोर हो गया मुस्कान रोने वाली वीडियो। मेरा घोड़ा कैसे नीचे मेरा दो बार गिरा दो बार गिरा अरे मेरा तीन चार बार गिरता समझ गया मगर साइड साइड पर उसका पैर बिल्कुल उतर हो गया घोड़ा नहीं था वो गधे थे, थे मैं थे। थे। वही तो कह रहा हूँ घोड़े नहीं थे वो वो यार घोड़ा होता है घोड़े सकते ना घोड़े के, के पैर कभी ना फिसल मैंने क्या कहा था घोड़े नहीं हो गधे हम गधे पे बैठ के गए गोड़ा दिया गया है लाइट बन करो ऐसे ऐसे ब्रिज लगते थे वहाँ पे न मम्मी केदारनाथ जाते समय हर एक ब्रिज के नीचे चार चार पाँच पाँच ट्रक गिरे हुए दिखते ही दिखते थे तो लाइव एक्सीडेंट हुआ था तभी इतना लंबा सफर करके करोबर में घूम गोबर में अब रील बना रहे हैं लोग यहाँ पे क्या है? है? भाई कैसा सीन है, सीन ऐसा चाहिए? फोटो खिंचा कुछ था वो साइड लेकर आया ये ये नहीं है ऐसी जगह पे बस वाले वाले ट्रक यही होते हैं बहुत भगाता है भाई रात के समय होता ना यही तो ये को बिल्कुल सॉरी बड़ी दूर रही है यार समी पार कर करती रामनगर में आ नदी में देख आ गया अबू भाई उट हैी भाई पानी कितना साफ है ना सानी भाई पानी कितना साफ है देखो आ जा सानी भाई बता मुझे अरे आजा काली वाली पैंट इसमें से आ की काली पैंट यार सानी भाई पानी पानी आगे ज़्यादा या तुझे तो बहुत लगता है ये पानी तेरे को बहुत ज्यादा लगता दे है आ जा आ जा पकड़ आ जा बेटा इधर आ जा अरे जी के ए दीदी ए दीदी आ रानी आ दीदी आ देख बैठ यहां पे बोल जाऊं उनको फेसबुक वाले इधर पीछे बाल असली असली असली असली रुक जा कपड़े उतारने दे रुक जा